वंदन अभिनंदन दर्शकों दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दिनांक 28 नवंबर का दैनिक राशिफल आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है जानिए आप भी आज के पंचांग के विषय में तो दर्शकों विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर शख्स उन्नीस नामक संवत्सर चल रहा है शुक्ल पक्ष चल रहा है सूर्योदय होगा आज प्रातः छः बजकर पैंतीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को सत्रह बजकर तेरह मिनट पर सूर्यदेव जो चलायमान है ये वृश्चिक राशि में चलायमान है सेनापति के घर में इस समय है और चंद्र राशि अर्थात जो चंद्र चंद्रदेव चलायमान है ये वृश्चिक राशि में रहेंगे नक्षत्र रहेगा अनुराधा दर्शकों तिथि की बात कर लेते हैं तो आज है द्वितीय तिथि तो द्वितीय तिथि के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए और कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप इसको करते हैं तो आपके शत्रुओं की वृद्धि होगी साथ ही साथ धन का नाश होगा दर्शकों और आपको अपयस प्राप्त होगा तो द्वितीय तिथि को ये दो चीजें आपको नहीं करनी रहेगी इसके साथ साथ दर्शकों आ, क्या कहते हैं योग जो रहेगा ये रहेगा धृति योग रहेगा नक्षत्र फिर रहेगा ज्येष्ठा जो है अनुराधा के बाद करण की बात करें तो कौलव करण रहेगा उसके उपरांत तैतिलकरण रहेगा राहु काल पर आ जाते हैं और गुरुवार दिन रहेगा चूंकि पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता है ये पांच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण तो राहु काल आज रहेगा तेरह बजकर तेरह मिनट से लेकर के चौदह बजकर इकतीस मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए शुभ कार्यों का करना वर्जित माना जाता है शुभ कार्यों को करने के लिए एक हम आपको टाइम बता रहे हैं अभिजीत मुहूर्त का तो ग्यारह बजकर तैंतीस मिनट से बारह बज के पंद्रह मिनट का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा इस दौरान आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं गुरुवार दिन और दिशा की बात ना करें ऐसा कहाँ हो सकता है तो दक्षिण दिशा की ओर दोस्तों दिशाशूल रहेगा आपको आ, क्या कहते हैं सावधानी क्या रखनी है तो सावधानी आपको ये रखनी है कि पहले दक्षिण दिशा में आप चलिए ही ना पहले आप उत्तर दिशा की ओर दो चार दस पक्ष चलिए उसके उपरांत दक्षिण दिशा में जाइए केसर का दही का सेवन करके तभी घर से निकलिएगा तब जाकर के दिशाशुल के प्रभाव को कुछ हद तक की कम किया जा सकता है दर्शकों ये तो था पंचांग आगे बढ़ते हैं राशिफल की ओर कि आज का हमारा राशिफल क्या कहता है लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि 28, 29, 30 तीन दिन दिल्ली में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से हैं आप लोग यदि मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप लोगों का स्वागत रहेगा क्योंकि दर्शकों देखिए जहाँ समस्या है वही समाधान है और यदि आपके भी जीवन में कोई बाधा आ रही है आप अपनी कुंडली को दिखवाइए ग्रह नक्षत्रों का एक किसी हम अपना नाम नहीं ले रहे हैं किसी भी एक अच्छे से आप अध्ययन करवाइए और उसके समस्याओं के समाधान को आप लोग उनसे प्राप्त करिए जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि आती है तो आप डॉक्टर के पास दौड़ते हैं इसी तरीके से जब आपके भाग्य में कुछ अवरोध आता है तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों को ज्योति ही मार्ग सुलझा सकते हैं और आपके जीवन को सरल तथा सुगम बना सकते हैं खैर मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो मेष राशि के जातकों आज आपका दिन बेहतर रहेगा परिवार के साथ आज आपका बेहतरीन लम्हा गुजरेगा आज जीवन साथी के साथ कहीं पर बाहर लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं और ये किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो इनके सफल होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं स्वास्थ्य आज आपका बेहतरीन रहेगा जीवन साथी के साथ आज आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे कोई नया विवाह का रिश्ता आज आपके लिए आ सकता है और आज आपके पार्टनर को कोई आपके रास की बात पता चलेगी आज का दिन आपका बेहतर गुजरेगा उच्चाधिकारियों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले तो अपनी आँखों को बंद कर लीजिएगा और थोड़ी देर मौन रहिएगा और अंदर ही अंदर आपको ध्यान लगाना रहेगा मेडिटेशन करना रहेगा दूसरा दर्शकों आप आज आपको करना क्या रहेगा तो नारायण कवच का पाठ सभी दुखों से मुक्ति दिलाएगा तो ये दो कार्य आज आप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच वहीं वृषभ राशि के जातकों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा बनी हुई योजना के अनुसार आप यदि आप काम करेंगे तो उसमें जल्दी सक्सेस प्राप्त होगी घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा रोजमर्रा के कामों में आज फायदा और सफलता दोनों मिलेगी ऑफिस के काम में ज्यादा आज, आज आप समय देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज, आज आपके संतान से आपको सहयोग प्राप्त होगा व्यापार में कोई बहुत बड़ा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा साझेदारी में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो कोई बहुत, बहुत मोटा मुनाफा या बहुत बड़ा गेंद कर सकते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में आज मधुरता बढ़ेगी आज के दिन आपको करना क्या रहेगा कि आज आपका दिन अनुकूल हो तो कोशिश कीजिएगा ब्राह्मणों को कुछ मीठा जरूर खिलाइएगा और गुरु कवच का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा तो। की अपेक्षा अच्छा रहेगा अपने हर काम को आज आप लोग सावधानी पूर्वक करेंगे सहकर्मियों से आज, आज, आज, आज आपको मदद प्राप्त होगी पारिवारिक कामों को निपटाने में आज आप सफल रहेंगे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आज आपकी खासियत को पहचान सकता है आज आपको मदद मिलेगी माता के सहयोग से आज आपके बड़े काम आपके फेवर में हो सकते हैं ऑफिस में आज अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना रहेगा बॉस से आज, आज आपकी कुछ शिकायत हो सकती है नोकझोंक हो सकता है तो अधिकारियों से सावधान रहना रहेगा आज कुल मिलाकर के उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास करिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए नारायण कवच का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कैंसर कर्क राशि तो कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपको बहुत से काम निपटाने पड़ेंगे आपकी ऊर्जा का स्तर कामकाज में आज, आज आपका सहयोग दे सकता है कारोबार से जुड़ी कोई बात आज, आज आपको लगातार परेशान कर सकती है सामाजिक कार्यों में जो आज आपकी जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है ये बढ़ेगी अपने मन और फायदे की बात कहने में जरा भी संकोच आज आप लोग ना करें तो बेहतर रहेगा सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी खास करके कर्क राशि के कर कर हैं तो स्टूडेंट को आज बहुत कुछ सफलता हासिल होती हुई दिखाई पड़ रही है आज के दिन करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहले तो आज भगवान विष्णु जी के मंदिर में आपको जाना रहेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप लोग जा सकते हैं एक ही है दोनों लोगों दोनों लोग एक हैं और यहाँ पर आज आपको कुछ सुगंधित चीज़ों का जो है दान करना रहेगा दूसरा धर्म स्थान पर सफाई करिए देखिए देवगुरु बृहस्पति को यदि प्रसन्न करना है तो आपके आसपास जो मंदिर है ना तो कोशिश किया करिए ठाष्टे के दिन जाइए और वहाँ पर जो है साफ़ सफाई करिए तो जो आपका श्रम रहेगा वो आपके भाग्य में काउंट होगा तो श्रमदान करिए मंदिर में करिए धर्मस्थान की सफाई करिए दूसरा आज किसी से झूठ मत बोलिएगा कोई झूठा वादा मत करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार लियो जी हाँ सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज आपका दिन मिला जुला रहेगा अपने नज़दीकी लोगों के व्यवहार से आज आपको थोड़ी सी कुछ समस्या हो सकती है किसी से बिना सोचे समझे मन की बात शेयर करने से आज आपको आज बचना आज रहेगा दोस्तों के साथ आज, आज आप लोग कहीं बाहर दूर का प्रोग्राम बना सकते हैं पिकनिक पर कहीं जा सकते हैं आज अचानक व्यापार में धन लाभ का अच्छा योग बन रहा है आज आपको कुछ मामलों में फैसले लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है पारिवारिक जो है मतलब व्यस्तता के कारण आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि किसी को आप शब्द मत बोलिएगा और दूसरों के लड़ाई झगड़े में प्लीज़ सिंह राशि के जात को आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि मत पड़ा करिए आप लोग इसी सबसे जो है परेशान रहते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आप लोगों को जो है चने की दाल खिलानी रहेगी और गुड़ खिलाना रहेगा दूसरा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नवा इस मंत्र का आज आप लोग एक सौ बार जाप करिए गुरु कवच का आप लोग पाठ कर सकते हैं केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभि पर लगा करके आप लोग निकलिए केवल केसर का तिलक यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा सैफ्रॉन केसर का ही कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कन्या राशि कैसा रहेगा आज आपका दिन तो आज आपका दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा साहब व्यावसायिक योजनाएं आज आपकी कामयाब रहेगी मिट्टी को छूएंगे सोना बन जाएगा प्रेम प्रसंगों में आज आपको सफलता मिलेगी नए लोगों से आज जान पहचान आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी आज कारोबार में आपके बढ़ोतरी होगी उत्साह के साथ आज आपके काम पूरे हो जाएंगे आज आपके पैसे अधिक खर्च होंगे और आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए आयाम बनेंगे नए नए लोगों से आज आपके रेफरेंसेज संपर्क स्थापित होते हुए कन्या राश के जात को दिखाई पड़ते हैं कोई एग्जाम है तो आपके फेवर में इसका रिजल्ट आ सकता है या एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर देखिए करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को देखिए कोशिश ये करना है कि पीपल के वृक्ष में जल में थोड़ा सा शहद और चने की दाल डाल करके अभिषेक करिए अर्पण करिए पीपल के वृक्ष को और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करिए तभी घर से निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नेवी ब्लू कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ लिब्रा जी हाँ तुला राशि लेकिन दर्शकों तुला राशि पर आगे बढ़े आप लोग फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को इस लाइक करिए और इस जो बगल में बना सब्सक्राइब के बगल में घंटी है बेल आइकन है इसको आप लोग जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुँचे तो तुला राशि के जात आज आपका दिन नॉर्मल रहेगा नई चुनौतियों से आज दो चार होना पड़ेगा आज आप ज़्यादातर मामलों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं उतावले हो सकते हैं कुछ मामलों में खुद से असंतुष्ट भी होते हुए आज आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं आज ऑफिस में किसी व्यक्ति से थोड़ी बहस हो सकती है अपनी सेहत का आज आपको खासतौर पर ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, है हैं मसालेदार भोजन लेते हैं तो आज आपके पेट संबंधी करना क्या रहेगा तो धर्म स्थान पर चने की दाल हल्दी की गाठ यज्ञो पवित्र का दान करिए भगवान विष्णु के दर्शन करिए और विष्णु सहस नाम का पाठ सभी कष्टों से दूर आपको जो है ले जाकर के अलग बैठा देगा और कष्टों को हर लेगा तो इतनी पावर होती है विष्णु सहस्त नाम में बंधना स्मरण मात्र से ही जन्म जन्मांतर के सारे बंधन खुल जाते हैं अब सोचिए दर्शकों और हम आप लोगों को क्या बताएं बहुत बड़ी चीज है अपने आप में शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट तुला राज के जात को शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात वही वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा आज आप अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं आज आप किसी अनजान व्यक्ति की मदद से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों के साथ समय आज, आज आपका उम्दा बीतेगा आज, आज आपके मन में कुछ सकारात्मक बदलाव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जरूरतमंदों को आज कोशिश कीजिए कि आप लोग वस्त्रों का दान करिए कुछ पका हुआ भोजन आप लोग कराइए इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी आज अपने घर के बुजुर्गों को आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा या तो मूंग का हलवा हो सकता है या बेसन से कई लड्डू हो सकते हैं, बेसन से बनी हुई मिठाई हो सकती है तो करिए बेहतर तो कोई ना कोई आज आपको मदद मिलेगी कोई व्यक्ति आज आपके करियर की समस्या का सही समाधान कर सकता है रिश्तों में संतुलन की स्थिति बनी रहेगी परिस्थिति सब कुछ बेहतर रहेगा लेकिन सावधानीपूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो केसर का तिलक मस्तक नाभि पर लगाइए और कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले एक हल्दी की अपने जेब में रख करके तब निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच कैप्रिकॉन मकर राशि क्या कुछ कहता है आज बृहस्पतिवार का दिन तो आज आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव आते हुए साहब दिखाई पड़ रहे हैं फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं पैसों से जुड़े मामले में आज, आज आप परेशान हो सकते हैं आज आपके कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं धन लाभ आसानी से नहीं हो पाएगा बिना बात किसी से उलझ सकते हैं बेहतर होगा मन को शांत बनाए रखें जल्दबाजी में काम करने से बचें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए नमस्कार प्रिया भानु तो भगवान सूर्य देव को नमस्कार बड़ा प्रिय है सूर्य नमस्कार आज आप करिए भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार एक्वायर सेकंड लास्ट राशि है हमारी कुंभ राशि आज कुछ कर दिखाने की इच्छा जागेगी एक्स्ट्रा इनकम का कोई जरिया शुरू हो सकता है घर से भी आप अपना कोई पर्सनल काम आज आप लोग शुरू कर सकते हैं आज आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आएगा उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा उच्च अधिकारी आज आपसे प्रसन्न होंगे किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदारों से आज मुलाकात के योग बन रहे हैं संतान प्राप्ति का भी योग आज कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज कहीं यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है घर से निकलने से पहले आज भगवान विष्णु के श्री चरणों की आप वंदना करके जाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए घर से निकलने से पूर्व दही में केसर डाल करके जरूर खा के निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सिलेटी कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते लेकिन फटाफट नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए इस वीडियो को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर शेयर करिए मीन राशि के जातकों आज माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं घर में नए मेहमान के आने की संभावना है आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा जीवन साथी के बीच सामंजस्य बना रहेगा घर में किसी मित्र के आगमन से आज आपकी खुशी दुगुनी होगी लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने से धनलाभ हो सकता है आज आपका दिन कुल मिलाकर के शुभ रहेगा राजकीय पक्ष से भी आज, आज आपको लाभ प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सूर्य देव को जल में लाल कुमकुम चावल और लाल पुष्प डाल करके अर्पित करिए इसके साथ साथ आज भगवान विष्णु को कोशिश कीजिए पीले फूल की माला चाहे वो गेंदा हो आपका उसकी माला बनोइए और जा करके उनको अर्पित करिए शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक कैसा लगा हमारा यह राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष का राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसके साथ साथ जुपिटर का जो राशि परिवर्तन हुआ है इससे रिलेटेड भी वीडियो पड़ चुका है प्ले में आप लोग जा के देख सकते हैं शनि का राशि परिवर्तन इससे संबंधित भी वीडियो क्या कुछ नहीं पड़ा है बस आपको जा के देखने की आवश्यकता है दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम